से आप लोग आज मैं आपके सामने फिर से आ आज हूँ ना इन्फॉर्मेशन लेकर नई नोटिफिकेशन लेकर और नई जॉब की डिटेल लेकर तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले दोस्तों दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से एक बड़ा नोटिस है बड़ा इन्फॉर्मेशन है जो कि आप सभी तक शेयर करनी बहुत जरूरी है तो क्या है पूरी अपडेट जानने के लिए देखते रहें इस वीडियो को वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें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 और देख लेते हैं एफ 18 एटीन इंस्टीट्यूशनल एरिया करकटडुम्मा दिल्ली की तरफ से अपडेट है ठीक है दोस्तों तो एफ एफ एक पंद्रह बावन एग्ज़ाम डी ट्रिपल एस का नोटिस ऑफ कंड ड्राइविंग स्किल टेस्ट पोस्ट कोड 18/19 उन्नीस फायर ऑपरेटर तो फायर कंडक्टिंग ड्राइविंग स्किल्स के लिए यहाँ पर 18/19 के लिए यहाँ पर जो ड्राइविंग स्किल के टेस्ट है वो होने वाला है All the candidates who are shortlisted in written examination are hereby informed. बाई इनफॉम तो जितने भी कैंडिडेट हैं रिटर्न में से वो सिलेक्ट हुए हैं तो उनका जो शिफ्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो आपका टेस्ट uh, है रिटर्न वो होने वाला है ठीक है दोस्तों वो देख लो आप तो किस किस कैंडिडेट का यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है तो दिल्ली के ही कैंडिडेट होंगे दोस्तों जितने भी uh, उन्होंने सिलेक्शन पाया है जितने भी कैंडिडेट होंगे ठीक है दोस्तों तो ऑल द कैंडिडेट्स हुआ शॉर्ट लिस्टेड इन रिटर्न एग्जामिशन तो सबसे पहले इसका रिटर्न एग्जामिशन हुआ था दोस्तों एंड हियर बाई इन्फॉर्म्ड दैट देयर ड्राइविंग स्किल्स टेस्ट विल बी हेल्ड एट सोसाइटी फॉर ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट तो ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ट्रांसपोर्ट होटी ऑफ कॉम्प्लेक्स बुराड़ी के अंदर आपको जाना है तो जहाँ पर आपका यह टेस्ट होगा ठीक है तो सभी ने आपने यहाँ पर तैयारी कर रखी होगी अपनी तो आपका यहाँ पर टेस्ट है जो कि होने वाला है आया